सुबह पांच बजे शरीर कहता है बकवास चुपचाप सो जाओ मैंने सोचा जो लोग मरना चाहते हैं वे ऐसे होते हैं पर जो लोग जीना चाहते हैं वो ऐसा क्यों करेंगे हेलो जो लोग मरना चाहते हैं वे अपनी आंखें बंद करेंगे जो लोग जीना चाहते हैं उन्हें सूरज की पहली किरणें देखने के लिए उठ जाना चाहिए इससे पहले कि किरणें धरती तक पहुंचे हुँ? आपको सबसे पहले सूरज की किरणों को देखना चाहिए ना कि की कीड़े मकौड़ों को ना कि पक्षियों को ना कि घास की पत्तियों को आपको सूरज की किरणों को देखना चाहिए रोज अगले दो सप्ताह के लिए सूरज की पहली किरणें अपने शरीर पर पड़ने दीजिए और देखिए क्या होता है आप एक बिल्कुल अलग जीवन जियेगे शारीरिक रूप से आपका एक महत्वपूर्ण पहलू है आपका हृदय जो आपके रक्त संचार के लिए पंपिंग स्टेशन है जो शरीर में जीवन भरता है ये ना हो तो कुछ नहीं होगा ये बाई तरफ से शुरू होता है तो आपको पता है भारत में आपसे कहा जाता है कि आप जब जागें तो आपको दाहिनी तरफ करवट लेकर उठना चाहिए बताया अगर आप बाई तरफ करवट लेकर उठेंगे तो आपके साथ खराब चीजें होंगी खराब चीजें उस तरह नहीं जब आप आराम की स्थिति में होते हैं जब शरीर आराम में होता है तो मेटाबॉलिक क्रिया धीमी होती है जब आप उठते हैं तो सक्रियता में उछाल आता है इसीलिए भारत में कहा जाता है देखिए ये चीजें जीवन का हिस्सा थीं इन्हें आप छोड़ रहे हैं जीवन का पूरा विज्ञान जीवन का हिस्सा था आपसे कहा गया कि सुबह जागने से पहले अपनी हथेलियाँ आपस में रगड़कर ऐसे देखना चाहिए like this, देखना नहीं आपको उसे अपनी आंखों पर रखना चाहिए आप ऐसा कीजिए आपको भगवान दिखेंगे ये भगवान देखने के बारे में नहीं है अगर आप इन दोनों को साथ रगड़ेंगे तो सभी नसों के सिरे आपके हाथों में ढेर सारी नसों के सिरे होते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर तुरंत जाग जाता है अगर आपको नींद आ रही है तो ऐसा करके देखिए सब कुछ जागृत हो जाता है तो सुबह शरीर को हिलाने से पहले आप उसे जगाइए और फिर इसे अपनी आंखों पर रखिए तुरंत आपकी आंखों और आपकी इंद्रियों के दूसरे पहलुओं से जुड़ी नसें जागृत हो जाएंगी शरीर के हिलने से पहले शरीर और दिमाग को जागृत होना चाहिए इसके पीछे यही मकसद है समझे तो आप ऐसा कीजिए और फिर अपनी दाहिनी और करवट लेकर उठिए